हेलो फ्रेंड कैसे आप सब आए आप ठीक होंगे तो आज हम निकले इधर रेलवे लाइन तरफ घूमने आए हैं बला गुड़ी बनाने और अभी बारिश हो रहा है और अभी छत्तू भी निकल रहा था छोटे छोटे छत्तू बारिश होता था, था जो छत्तू होता है छोटा छोटा वो छत्तू निकल रहा है फिर बारिश में छतू निकलता है तो आप लोग भी देखिएगा इस बारिश होता है रिमझिम तो अक्सर छतू निकलता है छोटा छोटा छत्तू सब वो प्याज लेकर भून के खाने में और बढ़ाई करके और अच्छा लगता है छत्तू सब तो खाने में तो आया आप सब कैसे अच्छे होंगे तो आप सबका सपोर्ट चाहिए गाइस वीडियो में तो वे सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए फिर तो चलते यहीं